नफरत ना करना कभी हमसे हम यह सह नहीं पाएंगे बस एक बार कह देना कि जरूरत नहीं है तुम जैसे दोस्तों की आपकी कसम आपको पीटने आपके घर तक चले आए